हलो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस बी में बड़ी अपडेट अगर आपका योनो एस नहीं चल रहा है तो इसको अपडेट कर लीजिए क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है ये नया अपडेट है और बिल्कुल सिंपल करना है इसको अपडेट कर लीजिए तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं योनो एस ट हो है इसके बाद अपन लागू कर दिया है और इसको चालू कर दिया और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें एक सौ उनतीस ऊपर का रिचार्ज ज़रूर होना चाहिए अगर उससे ऊपर का रिचार्ज नहीं तो आपका अकाउंट एक एक्सेस नहीं करेगा इसलिए इस बात का ध्यान रखना एक सौ उनतीस है उससे ऊपर का रिचार्ज जरूर होना धन्यवाद